The mud has been torn. The heavy rain has been. मुड़े पर अलग रहना मेरा बस ये दुआ है ही जब मैं बादल बन जाओ तुम भी बारिश बन जाना जो कम पड़ जाए